खुद की कमाई देखी खुद की कमाई देखी तेरी खुदाई देखी खुद की कमाई देखी हमने तेरी खुदाई देखी अवार मोहब्बत तूने भी क्या कमाल कर डाला वार मोहब्बत तूने भी क्या कमाल कर डाला हमने एक बेवफ़ा से सफाई देखी हमने एक बेवफ़ा से सफाई